हेलो दोस्तों मेरा नाम धर्मेंद्र हिर है मैं आप सबको फेसबुक रही अकाउंट करने का तरीका बताऊंगा तो चलिए आज हम उसी बारे में जानते हैं सब फ़ोन पर आ गए हैं सबसे पहले हम लोग फ़ेसबुक अकाउंट ऑन करें फेसबुक अकाउंट ऑन करने के बाद हम लोग लॉग इन अकाउंट पर क्लिक करें फिर अपना मोबाइल नंबर एंटर करें और उसके बाद फॉरगेट पासवर्ड पर क्लिक करें अपना नंबर डाल दिए हैं इसने ये देखिए आपका फॉरगेट पासवर्ड हो गया है अब इसमें देखिए जो भी आपका बनाया गया था फेसबुक का अकाउंट तो हम चूज़ कर लेते हैं उसके बाद आपको कोड आएगा यहाँ पर कोड आ गया कोड आने के बाद यहाँ पर एक न्यू क्रिएट पासवर्ड करना है और उसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है तब तक वेट करें प्रोसेसिंग चल रहा है ये देखिए आपका न्यू क्रिएट पासवर्ड हो गया है ये देखिए आपका आ गया आने के बाद यहाँ पर एलाओ का प्रेस वेकन ऑन कर दें और उसके बाद हाँ पर अपना मोबाइल नंबर एंटर करें ताकि बाद में कोई दिक्कत ना हो कोई भी नंबर डाल सकते हैं नी नंबर या पुराना नंबर यहाँ पर थोड़ा गलत नंबर डाल दिए थे तो चलिए यहाँ पर एलाउ कर देते हैं एट नंबर तब तक वेट करें यहाँ आरोप अपना अकाउंट कन्फर्म करने के लिए इस स्क्रीन पर वह कोड डालें जो आपको एस में मिला है अगर आपको कोड नहीं मिला है तो आप उस ऑप्शन को चुन सकते हैं और हम आपको फिर से कोड भेज देंगे गे आप अपना मोबाइल नंबर बदल भी सकते हैं या अपना अकाउंट कन्फर्म करने के लिए अपने ईमेल एड्रेस का इस्तेमाल भी कर सकते हैं आपको बता रहा है पूरी तरह ऐसी वेट करें वेट करें वेट करें ये देखिए आपका नंबर आ गया इसको कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पर डाल देते हैं और कंफर्म कर देते हैं ये देखिए दोस्तों आपका आ गया आप इसमें ऐड भी कर सकते हैं फ्रेंड या फिर स्किप भी कर सकते हैं यहाँ सेलेक्ट करें अपना लैंग्वेज ये देखिए आपके पूरी तरह से आ गया आशा करता हूँ कि दोस्तों आप सबको ये वीडियो पसंद आई मैं फिर से मिलूँगा आपके नए वीडियो में तो तब तक के लिए इजाज़त दीजिए और हाँ चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए लाइक करिए शेयर करिए कॉमेंट करिए ताकि और अच्छी तरह से आपको वीडियो बनाकर ला सकूं।